गांधी की तस्वीर है लेकिन जल्द ही कुछ नोटों पर नोबेल विजेता कवि रवींद्रनाथ टैगोर और देश के 11वें राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर देखने को मिल सकती है दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक कुछ नोटों की एक सीरीज पर कलाम और टैगोर के वॉटर का इस्तेमाल करने आरोप विचार कर रहा है अगर इन हस्तियों की तस्वीर नोटों आरोप छापी जाती है तो ऐसा पहली बार होगा जब रिजर्व बैंक रूपए पर महात्मा गांधी के अलावा अन्य हस्तियों की तस्वीर छापेगा ब्यूरो रिपोर्ट